जय हिंद है जीआईसी लेक्चरर का भाग चार है जो लोग भाग एक से तीन तक देखना चाहते हैं वो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं या तो आप इधर आई बटन बना होगा उस पर क्लिक करके हमारे आने वीडियो पर पहुंच सकते हैं और प्लेलिस्ट हमने बना दी है जीआईसी सामान्य अध्ययन के लिए भी एक वीडियो मैंने बनाकर डाल दिया है पाँच और डाल देंगे छः हो जाएँगे छः में आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न प्रश्न नंबर 41 से 41 से इसलिए क्योंकि प्रश्न नंबर एक से 40 तक जी के सवाल आएंगे और 40 से 120 तक सब्जेक्ट के आएँगे तो ये पार्ट जो है ये सब्जेक्ट का है जी का देखने के लिए हमारे चैनल पर जाइए वहाँ पर प्ले लिस्ट बनी है जिसके नाम से वहाँ पर जी के सवाल मिल जाएंगे तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का प्रश्न नंबर इकतालीस राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है यह परिभाषा किसने दी है आपसे ने, आप ने गार्नर ने बी लास्की ने सी गिलक्राइस्ट ने डी पाल जेनेट ने तो सबसे पहले आप लोग पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए हमारे साथ साथ आप हल करिए फिर आखिरी में बताइएगा कि आपके सवाल कितने सही हुए तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने लगा लिया होगा इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी पाल जेनेट प्रश्न नंबर दो किसने कहा नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है ऑप्शन ए डॉक्टर बेनी प्रसाद बी प्रोफेसर ई एस वाइट सी प्रोफेसर एफ जी गोल्ड या फिर डी प्रोफेसर पुनताम्बेकर लगाइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रोफेसर पुनताम्बेकर प्रश्न नंबर तैंतालीस राज्य के विकास को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए ऑप्शन एक है प्राचीन साम्राज्य फिर रोमन साम्राज्य ऑप्शन तीन यूनानी नगर राज्य ऑप्शन डी राष्ट्रराज इसमें यह कालक्रम बताना है कि राज्य का विकास कैसे कैसे हुआ और इस समय कैसा है तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग लगाइए क्या होगा क प्राच्य साम्राज्य ये पहले नंबर पर सबसे पहले यही था फिर यूनानी नगर राज्य दूसरे नंबर पे आएगा फिर रोमन साम्राज्य तीसरे नंबर पर आएगा और फिर राष्ट्रराज चौथे पर तो ऑप्शन कौन होगा एक तीन दो चार एक तीन दो चार इसलिए ऑप्शन ये सही है प्रश्न नंबर चवालीस निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक अनुबंधवादी विचारक नहीं है ऑप्शन ए जर्गेन हाइबरमास बी थामस ऑप्श सी जॉन लॉक डी जॉन राल्स इस प्रश्न का उत्तर बताइए क्या होगा बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जर्गेन हाइबरमास बाकी ये तीनों अनुबंधवादी विचारक हैं जबकि जर्गेन हाइबरमास नहीं है जबकि जर्गेन हाइबरमास नोमार्कसवादी नौ नौमार्कसवादी विचारक हैं प्रश्न नंबर 45 निम्नलिखित में से कौन सी संप्रभुता की विशेषताएं हैं ऑप्शन है स्थायी भी सार्वभौमिकता इसमें बताना है कौन सा कोट सही है क्या एक सही है क्या दो सही है क्या एक और दो दोनों सही हैं, या फिर ना तो एक सही है ना तो दो सही है तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एक और दो दोनों प्रश्न नंबर 46 निम्नलिखित में कौन बहुलवाद को भविष्यकालीन भविष्यवाणी मानता है ऑप्शन ए मिस फालेट, बी लास्की, सी मेटलैंड, डी प्रश्न नंबर 46 का सही आंसर बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मिस कथन और कारण आ गए हैं प्रश्न नंबर सैतालीस कथन क्या है भारत में संघवाद व्यवहारिक नहीं है कारण क्या है भारत एक संघीय राज्य नहीं है नीचे दिए हुए कोटों से सही उत्तर चुनिए ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही हैं। ए आर ए की सही व्याख्या भी है बी है ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है ऑप्शन सी है ए सही है किंतु आर गलत है और ऑप्शन डी है ए गलत है किंतु आर सही है तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है प्रश्न नंबर अड़तालीस एक व्यवस्थापिका जो मंत्र के समक्ष निर्बल है तथा एक मंत्र जो राष्ट्रपति के समक्ष निर्बल है किस देश की शासन व्यवस्था की विशेषता को दर्शाता है ऑप्शन ए फ्रांस बी जर्मनी सी भारत डी श्रीलंका बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए फ्रांस की हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा प्रश्न नंबर 54 लोकतंत्र के विचार का किसके साथ हुआ था ऑप्शन ए अरस्तु बी सिरोही बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी रूसो प्रश्न नंबर पचास वोट देने का अधिकार एक है क्या है एक सामाजिक अधिकार है एक राजनीतिक अधिकार है ऑप्शन सी विधि का अधिकार है या फिर डी व्यक्तिगत अधिकार है तो एक कॉमन सवाल है आप सभी लोगों को पता राजनीतिक अधिकार है प्रश्न नंबर इक्यावन किसने कहा है कि व्यवस्थापिका जनता की शिकायतों की समिति का कार्य करती है ऑप्शन बे, एंथम बी जे एस मिल सी केसीवियर डी डाइसी इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन के सी केसीवियर प्रश्न नंबर बावन किसने कहा कि प्रजातंत्री समानता एक भयानक प्रपंच है ऑप्शन है सी डी बंस ने बी बर्क ने सी ब्राइस ने, ने या फिर डी अलायन ने तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए क्या होगा प्रश्न नंबर बावन प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बर्क प्रश्न नंबर तिरपन राज्य एक आवश्यक बुराई है यह कथन किनका है ऑप्शन ए का बी साम्यवादियों का लोकतांत्रिक समाजवादियों का या फिर डी व्यक्तिवादियों का इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी व्यक्तिवादियों का व्यक्तिवादी मानते हैं राज्य एक आवश्यक बुराई है प्रश्न नंबर चौवन एक देश में समाजवाद यह नारा किससे संबंधित है ऑप्शन ए लेनिन से बी स्टालिन से सी माओ से डी टीटो से बताइए जल्दी से लगाइए अपने पेपर पर कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा प्रश्न नंबर चौवन का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी स्टालिन आप लोगों को बताना स्टालिन कहा के राष्ट्रपति थे प्रश्न नंबर पचपन मार्क्सवादी क्ष में राज्य से संबंधित त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। ऑप्शन पहचानी वर्ग विभाजन की रचना है या फिर अधिन के लिए सदैव अधिनयवादी होता है इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को बताना है जल्दी से तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन प्रश्न नंबर छप्पन विचारधारा दी है और उससे संबंधित व्यक्ति की कि किस विचारधारा को किस व्यक्ति ने बताया है यह दिया गया है तो लगाइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि राज्य का संबंध किससे है अभाव की राजनीति का संबंध किससे है शासनशीलता का संकट किससे संबंधित विवादास्पद लोकतंत्र किससे संबंधित है तो बताइए जल्दी से तो देखिए हम बता रहे हैं मृत राज्य का संबंध गुरनार से है, अभाव की राजनीति का संबंध मायरन वायनर से है और शासन का संकट ये संबंध है अतुल कोहली का विवादास्पद लोकतंत्र का संबंध है सोभ्रत के मित्र से तो इस तरह से इसमें कूट देखिए कौन सा सही होगा ए का थ्री से ए का से, तो ए का थ्री जो है केवल एक में ही ऑप्शन ए में तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रश्न नंबर सत्तावन इतिहास अतीत की राजनीति है राजनीति वर्तमान इतिहास है या किसने कहा था ए एम एवर्ट गडोन ने बी एडवर्ड आगस्टाइन फ्रीमैन ने सी आर्थर इवानस ने या फिर डी जेम्स एंथनी फ्रद ने इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एडवर्ड आगस्टस प्रश्न नंबर रूसो की सामान इच्छा जिसे जनरल भी, भी, कहा जाता है का क्या है? भी, भी सही उत्तर है ऑप्शन सी यथार्थ इच्छा प्रश्न नंबर उन्सठ किसने कहा कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है ऑप्शन ए हीगल बी लास्की सी सेवाइन डी ग्रीन प्रश्न नंबर का जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सेवाइन प्रश्न नंबर 60 अरस्तु के अनुसार सरकार का सर्वोत्तम प्रकार था कौन सा था ऑप्शन है वर्गतंत्र बी पॉलिटी सी प्रजातंत्र डी अधिनायक ये भी कॉमन सवाल है सब लोगों को पता होगा जिन्होंने पॉलिटी ली है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पॉलिटी जोड़ा मिलाना है निम्नलिखित में कौन सा युग सुमेलित नहीं है ऑप्शन ए है आप हाफ्स हाफ्स ने लेबियान लिखी है हाँ बिल्कुल लिखी है बी है रूसो सोशल कॉन्ट्रेक्ट बिल्कुल लिखी है सी कालमार्क्स स्टेट एंड रेवल्यूशन ये कालमार्क्स ने नहीं लिखी है जबकि लॉक ये लेटर ऑन टॉलेशन ये लिखी है तो तो स्टेट जो है उस पुस्तक को लिखा है लेनिन ने फिर लेकिन और कारण है प्रश्न नंबर बासठ अभिकथन क्या है देखिए ध्यान से लॉक के अनुसार राज्य के कार्य और शक्तियां सीमित हैं कारण क्या है राज्य का अस्तित्व जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा में है तो इसको आप लोग पढ़िए फिर बताइए सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन एक है ए तथा आर दोनों सत्य हैं आर एक ही सही व्याख्या भी है बी क्या है ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं है सी है ए सही है किंतु आर गलत है डी है ए गलत है किंतु आर सही है तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ए और आर दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या भी है फिर एक कथन कथन दिया है है, प्रश्न नंबर अभी ए और कारण आर तो अभी कथन ए पढ़ते हैं जान लाख के लिए प्राकृतिक अधिकार प्रकृति के परिणाम है कारण क्या है राज्य को इन अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षा करनी पड़ती है प्रश्न नंबर तिरसठ का सही उत्तर बताइए क्या होगा पहले ऑप्शन देख लेते हैं ए आर सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या भी है बी क्या है ए आर दोनों सही हैं लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं है सी है ए सही है किंतु आर गलत है डी है ए गलत है किंतु आर सही है तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ए और आर दोनों सही है आर ए की सही व्याख्या भी है प्रश्न नंबर चौंसठ वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है यह कथन किसका है ऑप्शन ए नोंदा का बी रूसो का सी लाक का या फिर डी हाफ्स का तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी थॉमस हाफ्स प्रश्न नंबर पैंसठ किसने रूसो को अधिनायकवादी लोकतंत्री बताया है आपसे नए काल पापर ने बी कार्ल्स फ्रेडरिक ने सी अन्ना हारेंट ने या फिर डी जैकब टालमोन ने तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए क्या होगा प्रश्न नंबर पैंसठ तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जैकब ने। प्रश्न नंबर 66। व्यवस्थापिका को अधिक जन प्रतिनिध्यात्मक, जन जनप्रतिनिध्यात्मक बनाने के लिए जेस मिल ने संतुत की आपसे ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व की भी महिला मताधिकार की, की, के लिए बहुल अधिकार या फिर उपरोक्त में सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा बताइए आप लोग। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी प्रश्न नंबर सड़सठ मार्क्स का अंतिम उद्देश्य स्थापित करना था क्या था आपने एक जाति समाज भी धर्म पर आधारित एक समाज सी एक वर्ग विहीन समाज या फिर डी नैतिकता पर आधारित एक समाज तो कार्ल मार्क्स क्या चाहते थे अंतिम समय में तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को बताना है और कार्ल मार्क्स चाहते थे कि समाज वर्ग विहीन हो इसलिए ऑप्शन सी सही है प्रश्न नंबर अड़सठ मार्क्स ने साम्यवाद को एक अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया उसके द्वारा उसे एक दर्शन मिला एक दिशा मिली किसने कहा है ऑप्शन ए बेंथम ने भी मिलने, ने ने सी ग्रीन या फिर डी लास्की तो इस इस प्रश्न प्रश्न प्रश्न का सही उत्तर बताइए क्या होगा नंबर कहातावन के पूर्व भारत में ब्रिटिश राज को विध्वंसात्मक तथा पतोन्मुखी के रूप में किसने वर्णित किया था आप सर राजा राम मोहन राय ने दादा भाई नेहरोजी ने सी कार्ल मार्क्स ने या फिर डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने प्रश्न नंबर उनहत्तर का सही उत्तर क्या होगा आप लोग लगा लिए होंगे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स इसमें भी देखो सूची मिलाना है और सूची में दी गई हैं कि मार्क्स की रचनाएँ किस विषय से संबंधित थी तो देखिए ऑप्शन ये है पेरिस मैन्यूस्क्रिप्ट तो पेरिस मेन्यूस्क्रिप्ट का संबंध जिससे है उससे आप लोगों को लगाना है तो पेरिस मैन्यूस्क्रिप्ट का संबंध है ऑप्शन फोर बी संबंधन से बी संबंधन से ऑप्शन बी है दास कैपिटल तो दास कैपिटल का संबंध है अधिशेष मूल्य से ऑप्शन सी है एटींथ ब्रूमेयर ऑफ लुई बोनापार्ट इसका संबंध है ऑप्शन एक पेरिस मैन्यूस्क्रिप्ट इसका संबंध है विसंबंधन से दास कैपिटल का संबंध है अधिशेष मूल्य से ए ए, ए टींथ ब्रू मेयर ऑफ लुई बोनापाट इसका संबंध है राज्य की आपेक्षिक स्वायत्तता से और क्रिटिक ऑफ द गो प्रोग्राम इसका संबंध है सरभारा वर्ग की तानाशाही तो इस प्रकार से जो विकल्प नीचे कूट होगा वो बनेगा ए का फोर से बी का थ्री से सी का वन से और डी का टू से तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी फोर थ्री वन टू प्रश्न नंबर इकहत्तर मनु के विराट पुरुष की अवधारणा में राजा के पास कितने देवताओं की शक्ति थी ऑप्शन ए बी सी डी इस प्रश्न नंबर बहत्तर सत्यवीर की कथा जिसका अनुवाद गांधी जी द्वारा गुजराती में किया गया था वह निम्नलिखित में से इसमें से थी ऑप्शन ए दि प्रिंस बी डायलॉग्स ऑफ प्लेटो सी दोशल कॉन्ट्रेक्ट या फिर डी वार एंड पीस प्रश्न नंबर बहत्तर का सही उत्तर बताइए क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी डायलॉग्स ऑफ प्लेटो गीता बोध प्रश्न नंबर तिहत्तर किसने लिखी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ऑप्शन ए रामकृष्ण परमांस ने बी स्वामी विवेकानंद ने सी महात्मा गांधी ने या फिर डी बाल गंगाधर तिलक ने बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने लिखी है गीता बोध प्रश्न नंबर चौहत्तर वैज्ञानिक मानववाद की अवधारणा का संबंध है किससे है ऑप्शन ए अरविंद घोष से बी जयप्रकाश से सी एम एन राय से डी अम्बेडकर से प्रश्न नंबर चौहत्तर का सही उत्तर बताइए क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एम एन राय से प्रश्न नंबर पचहत्तर इसमें भी राजनीतिक दल एक साइड में है और किस वर्ष स्थापना हुई थी या किस वर्ष ये दल बने थे वो संध्या है मैचिंग करना है तो पहली ऑप्शन जस्टिस पार्टी तो जस्टिस पार्टी जो है वो बनी थी 1917 में शिरोमणि अकाली दल ये बनी थी 1921 में हिंदू महासभा ये बनी थी 1925 में जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी थी 1932 में इस प्रकार से जो राइट ट होगा या राइट विकल्प होगा वो पहला थ्री से दूसरा फोर से तीसरा वन से चौथा टू से तो इस प्रकार बनेगा थ्री फोर वन टू थ्री फोर वन टू इस प्रकार से ऑप्शन बी सही होगा प्रश्न नंबर छिहत्तर उन्नीस में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे ऑप्शन ने ए जवाहरलाल नेहरू बी एम एन राय सी बी आर अम्बेडकर या फिर डी एम के गांधी प्रश्न नंबर छिहत्तर का सही उत्तर बताइए क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर प्रश्न नंबर सतहत्तर मजदूर किसान शक्ति संगठन निम्न में से किससे संबंधित है सूचना का अधिकार से बी जनहित याचिका से सी नागरिक चार्टर से या फिर तो लिए होंगे लगा लिए होंगे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सूचना का अधिकार प्रश्न नंबर अठहत्तर इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक का नाम क्या है ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले बी बाल गंगाधर तिलक सी सरदार भगत सिंह या फिर डी उपायुक्त में से कोई नहीं इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं क्योंकि इंडियन स्ट्रगल जो पुस्तक है वो लिखी है सुभाष चंद्र बोस ने सुभाष चंद्र बोस ने नीचे कथन और कारण प्रश्न दिए गए हैं ऑप्शन ए या कथन ए पढ़िए क्या होता है कथन ए कथन ए उन्नीस में गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया था कारण क्या था सांप्रदायिक दबाव के कारण उन्होंने इसे वापस लिया था इसका बताना है सही उत्तर क्या होगा प्रश्न नंबर उन्यासी तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है मतलब ये है कि 1934 में गांधी जी ने सभी अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया था लेकिन सांप्रदायिक दबाव के कारण नहीं था प्रश्न नंबर 80 निम्नलिखित में सही काल क्रम बताइए दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करिए तो ऑप्शन एक है सुभाष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में दो है कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन तीन है गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा का गठन चार है सांप्रदायिक पंचायत या अवार्ड इसमें कालक्रम में फिट करना है कि कौन पहले हुआ प्रश्न नंबर अस्सी आप लोग लगाइए जल्दी से तो हम बता रहे हैं सबसे पहले जो है गांधी जी का पहले गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा का गठन किया गया फिर सांप्रदायिक पंचायत हुई दूसरे नंबर पर फिर कांग्रेस समाजवादी पार्टी का भी गठन हुआ तीसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर सुभाष भारती राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में बने थे तो इस प्रकार से यह ऑप्शन बनता है बी थ्री फोर टू वन प्रश्न नंबर इक्यासी माउंट बेटन योजना आधार बनी बनी थी कि, किसका बनी थी किसका ऑप्शन ए ब्रिटिश शासन की निरंतरता का का का बी सत्ता के के के हस्तांतरण सी देश विभाजन डी समस्या के निदान का इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी देश के विभाजन का प्रश्न नंबर बयासी किसके अनुसार भारतीय संविधान का लक्ष्य अखंड जाल में अंतर्गुित तीन विशिष्ट तत्वों के रूप में राष्ट्रीय एकता लोकतंत्र और सामाजिक क्रांति के लक्ष्य त्री को प्राप्त करना है ऑप्शन ए डब्ल्यू एच मोरिस जोन बी रजनी कोठारी खिलनानी तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ग्रेनविल ऑस्टिन प्रश्न नंबर तिरासी संविधान की उद्देशिका में समाजवादी व पंथनिरपेक्ष किस वर्ष संशोधित कर जोड़ा गया ए 1975 बी सी या फिर डी 1982 इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उन्नीस प्रश्न नंबर चौरासी संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत के नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया अनुच्छेद 325 द्वारा अनुच्छेद 327 द्वारा, प्रश्न नंबर पचासी भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है क्या है आप सने भारत का संविधान न्यायिक व्याख्या सी न्यायविदों की मत डी डी संसदीय कानून तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी न्यायिक व्याख्या प्रश्न नंबर छियासी हम संविधान के अंतर्गत हैं लेकिन संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस देश के लिए यह लागू होता है ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड बी भारत सी यू के डी रूस बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भारत प्रश्न नंबर सत्तासी भारत के संविधान को अंगीकृत और स्वीकार निम्न निम्न वर्ष में किया गया उन्नीस सौ उनचास और 1948। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1950। प्रश्न नंबर 88 भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों के विवरण दिए गए हैं ऑप्शन ए भाग एक बी भाग दो सी भाग तीन और डी भाग चार कामन सवाल है सभी को मालूम होगा इस प्रश्न का सही उत्तर तो आप लोगों ने लगा लिया होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भाग तीन में है मूल अधिकार सूची दी है जिसमें एक तरफ दर्शन का नाम है दूसरी तरफ निर्देशक सिद्धांत है तो कल्याण है कल्याणवाद तो कल्याणवाद का संबंध है बेहतर स्वास्थ्य और जीवन से। का समान वेतन गांधीवादी दर्शन का संबंध है कुटीर उद्योग का संवर्धन अंतरराष्ट्रीयतावाद का संबंध है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना तो ए ए का का का का का से, से, से, फोर से, से बी बी इस तरह प्रश्न प्रश्न नंबर नंबर ऑप्शन डी सही होगा। मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य में मौलिक अंतर क्या है ऑप्शन ए मौलिक अधिकार राज्य द्वारा नागरिकों को प्रदत्त हैं, जबकि मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए दायित्व के रूप में वर्णित है ऑप्शन बी मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य परस्पर पूरक है ऑप्शन सी मौलिक अधिकार व्यक्ति विशेष के लिए हैं जबकि मूल अधिकार मूल कर्तव्य सभी नागरिकों के लिए हैं या फिर डी उपरोक्त सभी सही हैं प्रश्न नंबर 90 का उत्तर लगाइए क्या होगा तो प्रश्न नंबर 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मौलिक अधिकार राज्य द्वारा नागरिकों को प्रदत्त हैं जबकि मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए दायित्व के रूप में वर्णित हैं प्रश्न नंबर इक्यानबे निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता को भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद 17 तथा 18 के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया है ऑप्शन ए आर्थिक समानता बी सामाजिक समानता सी राजनीतिक समानता या फिर डी धार्मिक समानता तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सामाजिक समानता को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया गया है प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर बानवे निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निदेशक सिद्धांत संविधान में वाद में जोड़ा गया ऑप्शन ए ग्राम पंचायतों का गठन बी गोवर्धनिषेध सी मुफ्त निशुल्क कानूनी सहायता डी समान नागरिक संहिता प्रश्न नंबर बानवे का सही उत्तर बताइए क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मुफ्त या निःशुल्क कानूनी सहायता प्रश्न नंबर तिरानवे एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है राष्ट्रपति द्वारा बी संसद द्वारा, सी राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा या फिर डी क्षेत्रीय परिषद द्वारा प्रश्न नंबर तिरानवे क्या होगा प्रश्न नंबर तिरानबे का सही उत्तर आप लोगों ने लगा लिया होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा द्वारा अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की जा सकती है प्रश्न नंबर चौरानवे केंद्र तथा राज्य के मध्य विवादों के अंतर्गत आप सारामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं भी अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं सी संवैधानिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रारंभिक तो क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत चौरानवे तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों ने भी लगा लिया होगा ज्यादा टफ नहीं है ये तो प्रश्न नंबर चौरानवे का सही उत्तर -no का सही होगा ऑप्शन डी प्रारंभिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद प्रश्न नंबर पंचानबे वाचू रिपोर्ट के आधार पर प्रथमतः भाषा के भाषाई राज्य गठित किया गया था आपसन आंध्र प्रदेश उन्नीस में बी गुजरात उन्नीस सी आंध्र प्रदेश उन्नीस या फिर डी गुजरात उन्नीस तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर सभी लोगों को पता होगा ऑप्शन ये होगा आंध्र प्रदेश उन्नीस में बना था फिर कूट दिए हैं आपकी बार अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद दिए हैं उनका संबंध किससे ये बताना है तो अनुच्छेद 148 इसका संबंध है भारत का नियंत्रक और लेखा परीक्षक से 280 सौ अस्सी यह वित्त से संबंध है इसका 315 इसका संबंध संघ लोक सेवा आयोग से है जबकि 324 का संबंध भारत का निर्वाचन आयोग से है तो इस प्रकार से यह सही होगा प्रश्न नंबर संतानबे अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है ऑप्शन तो ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 260 में बी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में सी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में या फिर डी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किसमें है बताइए जल्दी से तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 312 भारतीय संविधान के अनुच्छेद तीन में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है प्रश्न नंबर अंठानबे निम्नलिखित में से किसने या घोषणा की थी मेरे लिए आचार नैतिकता तथा धर्म विनिमय पद हैं धर्म के संदर्भ के बिना एक नैतिक जीवन रेत पर बनी भवन के समान है यह कथन किस ऑप्शन ए अरविंद का बी सावरकर का सी महात्मा गांधी का या फिर डी जयप्रकाश का प्रश्न नंबर अट्ठानबे का सही उत्तर बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी प्रश्न नंबर 99 निन्यानवे लोकसभा के निम्नलिखित अध्यक्षों को उनके व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए शिवराज पाटिल बी सोमनाथ चटर्जी सी मनोहर जोशी और डी एन संजीवा रेड्डी तो इसमें सबसे पहले कौन बने थे यही बताना है तो लोकसभा अध्यक्ष का पद प्राप्त किया था वो थे संजीवा रेड्डी ऑप्शन ए दूसरी जगह पर दूसरी बार जो इन सूची में दूसरा नंबर पाने वाले हैं शिवराज बी पाटिल फिर सोमनाथ चटर्जी इनका तीसरा स्थान है जबकि मनोहर जोशी ये चौथे नंबर पर है तो इस प्रकार से बनता है ऑप्शन सी फोर वन थ्री टू नीलम संजीवा रेड्डी ये बने हैं 1900 सड़सठ में मनोहर जोशी ये बने हैं 2002 में सोमनाथ चटर्जी ये बने हैं 2004 में जबकि बच्चे शिवराज भी पाटिल ये बने हैं 1991 में 1991 में प्रश्न नंबर 100 इसमें अनुच्छेद दिए हैं और उससे संबंधित अनुच्छेद में क्या लिखा है यह दिया गया है तो आप सहित दो या दो से राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय होगा एक किसमें बताया गया है तो ये अनुच्छेद दो में, में, में बताया गया है कथपय मामलों का उच्च न्यायालय में हस्तांतरण एक किसमें बताया गया है तो ये अनुच्छेद दो में बताया गया है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का संबंध दो से है और डी है उच्च न्यायालयों के प्रशासनिक वे का संबंध अनुच्छेद दो से है तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लोकसभा के स्पीकर जिसे अध्यक्ष भी कहते हैं को अपना इस्तीफा को संबंधित करना होता है किसको संबंधित करता है तब इस्तीफा देता है ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री को भी लोकसभा के उपसभापति को सी भारत के राष्ट्रपति को या फिर भारत के उपराष्ट्रपति को तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लोकसभा के उपसभापति या उपाध्यक्ष को प्रश्न नंबर 102 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न किसी भी बात का भी निश्चय किया जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा बी निर्वाचन आयोग द्वारा सी संसद द्वारा या फिर डी उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नंबर एक का सही उत्तर बताइए क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नंबर 103 निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं ऑप्शन ए भारत भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बी उपराष्ट्रपति सी सॉलिसिटर जनरल डी एटॉर्नी जनरल अटार्नी जनरल तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी एटॉर्नी जनरल अटॉर्नी जनरल जिसे महान्यायवादी भी कहते हैं देखो प्रश्न नंबर 104 में भारत के राष्ट्रपतियों की प्रश्न नंबर 104 जिस क्रम में निम्न व्यक्तियों ने भारत के राष्ट्रपति पद पत को ग्रहण किया है उसको इंगित करना है ऑप्शन ये है जयल सिंह दो है शंकरदयाल शर्मा तीन है जाकिर हुसैन चार है एन संजीवा रेड्डी तो इसमें यह बताना है कि कौन पहले हुआ फिर उसके बाद कौन हुआ फिर उसके बाद कौन हुआ तो इसमें जो है 104 प्रश्न नंबर 104 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पहले सबसे पहले आए जाकिर हुसैन फिर आए संजीवारेडी फिर आए जयल सिंह और सबसे अब इस समय मतलब आखिरी में सबसे लास्ट में जो लिस्ट थी है इसमें सबसे लास्ट में आएंगे शंकर शर्मा प्रश्न नंबर एक भारत के राष्ट्रपति की वह भत्ते लिए जाते हैं ऑप्शन है दो है भारत की आकस्मिक निधि से सी तीन है सार्वजनिक संचित निधि से, से।, तो से। प्रश्न नंबर एक सौ छह इकसठवें संविधानिक संशोधन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित है ऑप्शन ए है नवी अनुसूची दल बदल या पक्षत्याग सी अनुच्छेद तीन सौ अड़सठ का संशोधन या फिर डी मतदान की आयु कम करना तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कामन सवाल है सबको पता होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मतदान की आयु को कम करना इसमें फिर सूची दी है आपको मैचिंग करना है कि, कि किससे किससे है कौन सा किसका संबंध किससे है तो छत्तीसवा संवैधानिक संशोधन का संबंध जो है सिक्किम की एक पूर्ण रूपेण राज्य के रूप में घोषणा हुई थी ऑप्शन बी है इकसठवाँ संवैधानिक संशोधन इसका संबंध जो है मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी ऑप्शन सी है सत्तानवा संवैधानिक संशोधन अधिनियम इसका संबंध जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का निर्माण एवं कार्य प्रणाली से है जबकि निन्यानवेवा संवैधानिक संशोधन अधिनियम का संबंध न्यायिक नियुक्तियों में न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता से है तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी टू थ्री फोर वन प्रश्न नंबर एक सौ राज्यसभा को धन विधेयक पर कितने दिनों के अंदर अपनी संस्तुति देनी होती है ऑप्शन ए चौदह दिनों में बी पंद्रह दिनों में सी इक्कीस दिनों में या फिर डी तीस दिनों में तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए क्या होगा आप लोग इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चौदह दिनों के अंदर प्रश्न नंबर 109 निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल था ऑप्शन ए विजय लक्ष्मी पंडित एस एन सिन्हा सी सरोजनी नायडू या उपरुक्त में से कोई नहीं तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए क्या होगा पता होगा सभी को काम सवाल है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सरोजनी नायडू प्रश्न नंबर एक राज्य में विधानमंडल के गठन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित हैं ऑप्शन ए अनुच्छेद एक सौ अड़सठ बी एक सौ चौहत्तर सी उन्नीस सौ सतानवे सी एक सौ सतानवे या फिर डी एक सौ तिरपन तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए क्या होगा प्रश्न नंबर एक सौ दस का प्रश्न नंबर एक सौ दस का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद एक में अनुच्छेद एक में प्रश्न नंबर 111 भारत में राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करना प्राधिकरित है ऑप्शन ए कनाडा के प्रतिरूप पर भी यूएसए के प्रतिरूप पर ऑस्ट्रेलिया के प्रतिरूप पर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कनाडा के प्रतिरूप पर प्रश्न नंबर एक किस वर्ष कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे ऑप्शन ए 1916, बी 1923, सी 1928 या फिर डी 1930। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा पिछले वीडियो में हम इससे संबंधित सवाल हर, हल कर चुके हैं जो लोग पिछला वीडियो देखे होंगे वो आसानी से कर लेंगे तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उन्नीस में प्रश्न नंबर एक भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में निम्न राजनीतिक दलों के प्रवेश को आरोही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए ऑप्शन है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बी तेलंगाना राष्ट्र समिति सी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस डी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तो इसमें बताना है कि कौन सबसे पहले बनी फिर सबसे बाद में कौन बनी तो अखिल भारतीय जो कांग्रेस अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस है वो बनी थी उन्नीस में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो थी यह बनी थी 1999 में तेलंगाना राष्ट्र समिति 2001 में बनी थी जबकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यह 2006 में बनी थी तो इस प्रकार से इस प्रश्न नंबर एक सौ तो का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ऑप्शन बी C, D, B, A. पहले बनी C, पहले बनी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस फिर बनी राष्ट्रवादी कांग्रेस फिर बनी तेलंगाना राष्ट्र समिति फिर नवनिर्माण प्रश्न नंबर एक सौ चौदह कौन सा दबाव समूह है आप सने नैशनल एम्प्लॉयज़ यूनियन बी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सी दामोदर वैली कारपोरेशन डी लोक जनशक्ति पार्टी इसमें बताना है कौन से दबाव समूह हैं तो प्रश्न नंबर एक सौ चौदह का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नेशनल एम्प्लॉज यूनियन प्रश्न नंबर पंद्रह निम्न में से कौन से आयोग सांवैधिक निकाय हैं ऑप्शन ए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बी और सी बी और सी ये दोनों सांवैधिक निकाय हैं बाकी ए और ए और डी ये संवैधानिक निकाय हैं प्रश्न नंबर एक सोलह तो राइट टू इन्फॉर्मेशन मास्टर टू गुड गवर्नेंस प्रतिवेदन निम्न में से एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया ऑप्शन ए सरकारीया आयोग द्वारा बी पंछी आयोग द्वारा सी प्रथम प्रशासनिक आयोग द्वारा सी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा या फिर डी दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग प्रश्न नंबर 116 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ऑप्शन डी दूसरा प्रस, दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग यह फिर सूची दी है उसका संबंध किससे यह बताना है तो ऑप्शन ए छागला आयोग तो छागला आयोग का संबंध था मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व छागला आयोग का संबंध था मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व से ऑप्शन बी है प्रशासनिक सुधार आयोग इसका संबंध किससे था तो इसका संबंध था भारतीय प्रशासनिक सेवा का कार्य क्षेत्र फिर गोरे समिति गोरे समिति उन्नीस सौ में बनी थी और इसका संबंध जो है भारतीय पुलिस सेवा से है है सरकारी आयोग इसका संबंध अखिल भारतीय सेवाओं से है नंबर एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ऑप्शन सी प्रश्न नंबर 117 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रश्न नंबर 18 पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत का किन किन नदियों का पर आना अधिकार है ऑप्शन ए चिनाब राबी व्यास बी राबी व्यास अतलज श्री ब्यास सतलज झेलम या फिर डी राबी चिनाब झेलम किन नदियों पर भारत का अनन्य अधिकार है तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सबको मालूम ही होगा ऑप्शन बी राबी ब्यास और सतलज पर भारत का अनन्य अधिकार है प्रश्न नंबर एक सौ उन्नीस भारत ने अप्रसाद संधि जिसे एनपीटी पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए थे ऑप्शन ए है क्योंकि एनपीटी स्वच्छतापूर्ण व्यवस्था थी दो है क्योंकि पाकिस्तान एनपीटी का हस्ताक्षर करता है तीन है क्योंकि भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य फोर है चार है क्योंकि भारत परमाणु मुक्त विश्व नहीं चाहता इसमें बताने है कौन कौन से कथन सही हैं ऑप्शन ए केवल एक बी केवल दो सी केवल तीन डी केवल चार तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए केवल एक क्योंकि एन पी प्रश्न एक सौ बीस संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अध्याय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है अध्याय दो अध्याय तीन, अध्याय चार या फिर अध्याय एक तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए आप लोग क्या होगा और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अध्याय चार तो ये इस मॉक टेस्ट का आखिरी प्रश्न था हमने अस्सी सवाल करवा दिए हैं जो 41 से 120 तक हैं अब आप लोगों की जिम्मेदारी है आप लोग इसको पढ़िए रिवीजन करिए अधिक से अधिक सवाल इसी से रिलेटेड आपको परीक्षा मिलेंगे अब आप लोग बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद